मुह दुड़वा कर ये आदमी घायल है और एक नदी के पास जाता है जहां उसे पीने के लिए पानी लेना था सबसे पहले वो अपने शरीर के जख्मों को साफ करने लगता है तभी एक विशालकाय गोरिल्ला जिसे हम कह सकते हैं आता है और आदमी उससे डरकर पास में मौजूद एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और वो अब उस गोरिल्ला को देखने लगता है वो देखता है विशालकाय गोरिल्ला के हाथों में चोट लगी है जिसके दर्द के कारण वो जोर जोर से चीख रहा होता है आदमी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था तभी गोरिल्ला की नजर पानी में मौजूद ऑक्टोपस पर पड़ जाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है ऑक्टोपस गोरिल्ला की तरह ही विशालकाय शरीर का था और उसे अपने चाउमीन जैसे हाथों ऐसी पकड़ लेता है गोरिल्ला भी उस पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करता है और उसके एक हाथ को शरीर ऐसी अलग कर दूर फेंक देता है और बाकी हाथों को टेस्टी नूडल्स की तरह अपने मुंह से पेट तक पहुंचा देता है लगता है उसे भी मैगी बहुत पसंद है इसके बाद गोरिल्ला अपना नाश्ता पानी करके वहां से चला जाता है